बहुत से लोगों ने कमेंट्स में कहा कि फर्स्ट पे एक, तो एक जानकारी दूंगा तो आइए चलते हैं में रिकवरी एरिया में। इस समय क्या है कि पहले वाली बैंडेज हटा रहा है तो जब आपको कोई जानवर मिलेगा तो उसकी चोट कुछ ऐसी दिख रही होगी तो आप देखेंगे इसमें थोड़ा पस पड़ा हुआ है तो फर्स्ट स्टेप इज कि आपको कॉटन लेना है हमने क्या कर रखा है एक स्प्रे बॉटल में बीटाटी डाल रखी है और वो हम वूंद पे उस पर स्प्रे करना आसान हो जाता है बीटाडीन आपको बाजार में मिल जाती है छोटी बॉटल भी मिलती है बड़ी बॉटल भी तो अब इस बीटाडीन वाली कॉटन से ये जो है ये क्लीन होगा तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप जितनी पस हो सके आप हटा सकें अगर कोई डेड आपको फ्लैश दिख रहा है तो आपको वो भी हटाना पड़ेगा एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे कि साहिल ने लेटेक्स ग्लव्स पहन रखे हैं ये डिस्पोजेबल ग्लव्स हैं इससे क्या है कि इन्फेक्शन के चांसेस और रिड्यूस हो जाएंगे बेसिकली जब आप वुंड को ट्रीट कर रहे हैं तो आपका जो मेन काम है वो है वुंड को क्लीन रखना उसके बाद हीलिंग जो है वो नेचुरली होती है अब जो सेकेंड स्टेप है वो है इस पर बीटाडीन अपंटमेंट अप्लाई करना तो जैसे ये जो एक वुंड है ये काफी बड़ा वुंड है और इस स्टेज पे इसकी बैंडेजिंग बहुत जरूरी है ताकि ना इसमें डस्ट जाए ना इसमें फ्लाइस बैठें ठीक है तो इसके लिए पहले हमने इस पर बीटाडीन ऑइनमेंट लगा दिया है इसकी जगह आप चाहें तो लोरेक्सेन करके एक क्रीम आती है वो भी लगा सकते हैं थर्ड स्टेप है वूंद की बैंडेजिंग करना इसमें आप पट्टी का पहले एक पैड बना लेंगे वैसे गोज़ पैड बने बनाए भी मिलते हैं पर पट्टी का पैड बनाना आपके लिए थोड़ा सस्ता रहेगा अब ये पट्टी बांधते हुए आपको ध्यान रखना है कि ये इतनी ढीली ना हो कि उतर जाए पर इतनी टाइट भी ना हो कि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए टाइट होगी तो आपको पता लग जाएगा क्योंकि एक दिन के अंदर अंदर वहां पर स्वेलिंग आ जाएगी खासकर गर्मियों और बरसात के मौसम में मक्खियों का बहुत ध्यान देना होता है क्योंकि अगर मक्खियाँ बूंद पे बैठीं या बूंद के आस भी बैठी तो वो अंडे दे देंगी वो ही अंडे मैगेट्स में तब्दील हो जाते हैं और वो जानवर को जिंदा खाना शुरू कर देते हैं तो उसके लिए जब जैसे बैंडेजिंग हो जाएगी तो इसके बाद आप टॉपी की जो स्प्रे है वो थोड़ा आसपास स्प्रे कर सकते हैं या आप पाइन ऑयल है या टर्पेंटाइल ऑयल है वो उसके आसपास लगा सकते हैं और उसकी स्मेल से जो है मक्खियाँ नहीं बैठती पट्टी ऊपर टिकी रहे इसके लिए आप या तो इसके ऊपर आप डॉक्टर टेप लगा सकते हैं या जैसे साहिल करेगा इसी को ही काट के आपस में बांध देगा अब सारी बैंडेजिंग करने के बाद हमने ऊपर से बीटाडीन स्प्रे कर दिया इसमें इसमें ये गीला रहेगा और इसमें उसको जब हील हो रहा होगा वो तो खारिश नहीं रहेगी तो चांसेस कम है कि वो अपनी पट्टी उतारने की कोशिश करे